अल्लाम मेरीफन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तीन चीज़ें जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो हो सकता है उनमें से पहली चीज है आपका कंटेंट। जो भी आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हो वो आपका बेहतर से बेहतर होना लाज कि आप जो भी वीडियो डालते हैं उसका ए बेहतर से बेहतर रखें। एसीओ मकसद प्रोवाइड करते हैं वो बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो हो होगा अब देखिये यहाँ पे एक रीच होती है जब आप चैनल के एनालिटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे इम्प्रेशन उसके साथ आपकी एक चीज शो हो रही होती है इंप्रेशन क्लिक ट तो ये दो चीजें बहुत वैल्यू रखती है और ये दोनों चीजें जो है आपके दो फीचर्स uh, जो आप प्रोवाइड करोगे अपने वीडियो को उसी की वजह से इंप्रेशन आते हैं ए की वजह से अगर आपने अच्छे से अच्छा ए या अच्छे की डाले हैं तो फिर आपका वीडियोस अपने यूजर्स जो भी आपके यूजर जिस कंटेंट को सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो बनाया है एच का या किसी भी कोर्स का या कोई भी इंटरटेनमेंट का वीडियो है तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो टॉप पेजली आते हैं क्योंकि उनका ए सी ओ उस ए की वजह से इंप्रेशन क्रिएट तो जितनी बार आपके वीडियो यूजर्स को देखेगा वो इंप्रेशन काउंट होता है सही है सपोज में काउंट इन तो इम्प्रेशन का की वजह से एक तो अर्निंग अच्छी होती है सेकेंड थिंग इसी एसीओ एसी की वजह से आपका ये वीडियो टॉप पे आया ठीक अब यहाँ पे देखे मेरे पास चाइस है अब एसी की वजह से यह वीडियो नजर तो आ गया लेकिन अब अगर मैं इसमें से किसी को क्लिक करूं तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से क्लिक करूं? तो वो सिंपल है कि इनका थंबनेल जो मुझे नजर आएगा मैं उस पर क्लिक करूंगा और उसी को जाके जो है वॉच कर तो आपका अगर बेहतर है या आपने अगर थमनेल बेहतर बनाया है तभी आपका वीडियो जो है वो सबसे ज्यादा क्लिक होगा और उससे भी आपकी अर्निंग अच्छी होती है और उसके अलावा जाहिर आपका ट्रैफिक बढ़ेगा या गिरोह होगा तो तो दो चीजें तो ये हैं कि आपके पास थंबनेल अच्छा होना चाहिए एसू अच्छा होना चाहिए और तीसरी चीज जो कि 100% है वो आपका कंटेंट। तो ये तीन चीजें हैं जो वैल्यू रखती हैं। जब भी आप किसी तरह का चैनल बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर